एक ऐसा व्यक्ति जिसे कारोबार में बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान लग गया भारी नुकसान इतना बड़ा नुकसान कि अपनी संपत्ति बेच करके भी वो लोगों को न चुका सके उसने व्यापार की स्थिति को देखा और सोचा कि अब इसे संभाल पाना मुश्किल है रंच मात्र विचलित नहीं हुआ उसने अपने सारे लेनदारों को बुलाया अपना चिट्ठा खोला कहा भैया मेरी स्थिति आप सबके सामने है। मैं ऐसी स्थिति में आप लोगों का पैसा देने की स्थिति में नहीं हूं पर मेरा आप सबसे निवेदन है मेरे ये एसेट्स हैं ये सारे आप ले लो आपस में बांट लो मैं अपना गुजर बसर किसी भी तरीके से कर लूँगा नौकरी करके अपने जीवन को आगे बढ़ा लूँगा और जिस दिन मेरी स्थिति अनुकूल होगी आप सबका पाई पाई चुकाऊँगा लेकिन अभी मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी है उस व्यक्ति को सभी लोग जानते थे उसकी नीयत पर सभी को भरोसा था जो लोग लेनदार थे उनने कहा भैया हमें तुम पर भरोसा है विश्वास है गलत नीति से तुम्हें नुकसान हुआ गले का कारोबारी था कुछ ओवर स्टॉक कर लिया उसमें मंदी आ गई नुकसान हो गया बोला गलत नीति के कारण तुम नुकसान खाए हो पर तुम्हारी नीयत अच्छी है कोई बात नहीं में अब न तो अपनी संपत्ति बेचने की जरूरत है ना कुछ और आप अपना कारोबार करो और उस घड़ी में उसका एक मित्र जो उसको पहले से ही लेनदार था बीस लाख रुपए और दिए कहा अपना व्यापार शुरू करो अपना व्यापार शुरू करो आगे बढ़ो उम्मीद मत हारो उस आदमी ने उस पैसे से व्यापार शुरू किया आगे बढ़ा 2010 की एक घटना है और वापस ऐसा खड़ा हो गया कि 2016 में मेरे पास आकर कहता है महाराज मुझे गुनायतन का ट्रस्टी बनना है यह चमत्कार वो दान देकर गया वो दान देकर गया किसके बल पर उम्मीद के बल पर आशा के बल पर नेक नियति के बल पर यदि इसकी जगह वो हार मान जाता भागता इधर उधर मुँह छिपाता फिरता तो सब कुछ खो बैठता तो आशा को कभी मत खोइए समय का चक्र जब तक उल्टा होता है हर प्रयास में चोट पहुंचती है और समय का चक्र जब सुधरता है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी उपलब्धियां दे देती है घबड़ाना नह नहीं चाहिए विपत्तियां आती है तो चारों ओर से आती है और दिन बहुरते हैं तो एक साथ